एक बार एक जंगल में कौआ रहता था एक दिन वो कौआ यात्रा कर रहा था उसे बहुत प्यास लगी तो वो एक स्थान पर रुक गया और आसपास पास पानी की तलाश करने लगा मगर उसे पानी नहीं मिला प्यास के कारण वो बहुत कमजोर हो गया था पर उसने हिम्मत नहीं हारी जंगल के आसपास पानी ढूंढने लगा उड़ते हुए उसे एक घर दिखा। ये सोचते हुए कि वहां पानी मिल सकता है वो उस घर की ओर गया और घर के ऊपर बैठ गया उसने एक घर के अंदर एक घड़ा देखा जल्दी से वो उस घड़े के पास उड़कर गया उसने देखा कि उसमें बहुत ही थोड़ा पानी है पानी को देखते ही उसे बहुत खुशी हुई मगर क्योंकि पानी पानी बहुत नीचे था, उसका मुंह तक पहुंच नहीं पा रहा था उसने थोड़ा सोचा फिर उसे एक उपाय सूझा अगर मैं इसमें कुछ कंकर डाल दूं, तो पानी शायद ऊपर आ जाएगा और फिर मैं पानी पी सकता हूँ जल्द ही वो कुछ कंकड़ की तलाश में लग गया उसे कुछ कंकर मिल गए उनके पास पास जाकर उसने एक-एक करके कंकर उठाने शुरू किए। फिर घड़े के लेकर गया और उसमें डालने लगा पानी थोड़ा ऊपर आया पर अभी भी वो पहुंच नहीं पा रहा था उसने फिर भी हार नहीं मानी और एक एक करके कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा काफी समय के बाद पानी और ऊपर आया कौआ बहुत खुश हुआ और भर के अपनी प्यास बुझाई। उसने अपने और दोस्तों को भी बुलाया बहुत से पंची पानी पीने आए उन्होंने कौए को शुक्रिया कहा और फिर वहां से उड़ गए कौआ और कबूतर एक दिन जंगल में कौवा उड़ते जा रहा था जब उसने एक सफेद कबूतर को देखा है इतनी गोरी। कबूतर का पीछा करने लगा। हे, तुम कितनी सुंदर हो इतनी सुंदर हो कैसे तुमसे मतलब और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो चले जाओ और पीछे नहीं आना कबूतर ने इतना कठोर जवाब दिया तो कौवा उसके बारे में सोचता ही रहा ये इतनी खमंडी है क्योंकि ये इतनी सुंदर है ना? मैं क्यों नहीं कबूतर की तरह हूं? मुझे कबूतर की तरह किसी भी हालत में बनना पड़ेगा ऐसा सोचते कौआ उड़ गया जब उसकी पुरानी दोस्त कोयल उसके पास आई हे दोस्त क्या हुआ तुम इतने खोए हुए क्यूँ हो और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो मेरी मेरी दोस्त, मुझे कबूतर की तरह गोरा बनना है। मैं मैं बस यही सोच रहा हूं कि मैं यह कैसे करू? अब ही मदद कर दो इतना क्यों सोच रहे हो बस किसी भी नदी में जाओ और स्नान करो और तुम गोरे बन जाओगे कोयल की सलाह लेकर कौवे ने नदी में स्नान किया पर उसका रंग वैसे का वैसा ही रहा बार बार-बार पानी में अपने आप को डुबोया ठंडा पानी ना बर्दाश्त किए, आखिरकार पानी से बाहर निकल गया। अगले दिन वह कोयल से मिलने गया मैंने जैसा तुमने कहा वैसे किया पर कोई फायदा नहीं हुआ इतनी बार मेरी पानी में अपने आप को डुबाया और ठंड बर्दाश्त ना कर मैं बाहर ही निकल गया ओ, तो तुम नहीं कोयल फिर से सोचने लगी ठीक है इस बार तुम कोई आटे के कारखाने पर जाओ और अपने आप को सफेद डुबोना, फिर शायद हो जाओगी। तो ने ध्यान से कोयल की बात मानी और उड़ चला आटे के कारखाने की खोज में आखिरकार उसको एक आटे का दुकान मिल गया पर तो दुकान का मालिक वही पर था मुझे मालिक के निकलने तक का इंतजार करना पड़ेगा और फिर आटे में कूदकर अपने आप को गोरा बना लूंगा ऐसा सोचते हुए कौआ पास वाले पेड़ के ऊपर बैठ गया इसी दौरान दुकान का मालिक भोजन करने थोड़ी देर के लिए दुकान से निकल गया तुरंत कौवा गया और अपने आप को आटे की बोरी में डुबोया वहां से उड़ते ही सारा आटा धीरे धीरे उसके शरीर से जड़ गया कौवा मजबूरन फिर से कोयल से मिलने गया मैंने अब ये भी कर लिया बस सारा आटा उड़ते समय झड़ गया ओह, इससे भी तुम गोरे नहीं हुए? ठीक ठीक है, थीक है। आ, क्यों ना तुम रंग की दुकान ढूंढो और अपने आप को सफेद रंग में डुबाना इससे तो पक्का गोरे बन जाओगे बेचारा कौआ फिर से अब रंगों की दुकान की खोज में उड़ चला उसको अंत में सफेद रंग मिल गया और खुश होकर अपने आप को रंग में डुबो दिया। ऐसा करते ही वो पूरा सफेद हो गया। खुशी से झूमकर तो अपनी दोस्त कोयल के पास चला गया मेरी दोस्त क्या तुमने मुझे पहचाना मैं हूँ जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया और देखो मैं अब कोरा बन गया हूँ मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं भी अब कबूतर की तरह सफेद बन गया अब अपने आप को कबूतर को दिखाना चाहता था hey, देखो मैं तुमसे भी ज्यादा गोरा बन गया हूँ तो मुझे क्या है अगर तुम मुझसे भी खूबसूरत क्यों ना बन जाओ हा हा हा तुम्हें तो जलन हो रही होगी ना क्योंकि मैं सच में तुमसे ज्यादा सुंदर बन गया हूँ ऐसा बोलकर कौवा वहां से उड़ गया जैसे जैसे दिन बीतते गए, सफेद रंग अब धीरे धीरे मिटने लगा कौवा अब कुछ अजीब सा लगने लगा वो ना कौआ जैसा था ना कबूतर जैसा बाकी के सारे पक्षी उसको अजीब तरीके से देखने लगे जब कौ ने अपनी परछाई पानी में देखा तो उसको बहुत बुरा लगा मैंने कबूतर जैसा बनना चाहा और खुद ही एक मजाक बन के रह गया मैं न कौवा जैसा हूँ न कबूतर जैसा और मेरे किसी दोस्त ने भी मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की अंत में कौवा को अपने किए पर पछतावा होने लगा